ध्रुव के शरीर के अंदर जैसे ही दोनों तरह की शक्तियां टकराईं, तो अचानक से शक्तियों की ध्रुव की शक्तियां घेर कर रखे हुए थी इस वक्त हरे रंग की शक्ति और चांदी के रंग की शक्तियां आपस में मिलने लगी थी और कुछ पल बाद चांदी के रंग की शक्ति की चमक कम होने लगी जैसे वो हरे रंग की रोशनी से हार मानने लगी थी फिर कुछ ही मिनटों में आखिरकार उस शक्ति ने हरे रंग की शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक दिए इस दौरान ध्रुव पूरी तरह से उस शक्ति को काबू कर रहा था और उसने देखा कि हार मानने के बाद चांदी के रंग की शक्ति छोटी होते होते एक गोले में बदल गई जो शायद उसके एक हाथ बराबर हो गई थी ये शक्तियों से बना गोला ही असली हवा बिजली शक्ति थी इस वक्त शक्तियों से तैयार हुआ ये गोला हरे रंग की शक्तियों के बीच चमक रहा था लेकिन ये गोला पूरी तरह से ध्रुव के काबू में हो गया था थोड़ा और गौर से देखने पर ध्रुव को दिखा कि उस गोले के अंदर छोटी छोटी बिजलियां दिखाई पड़ रही थीं। वो बिजलियां दिखने में छोटे छोटे सांपों की तरह दिख रही थीं, जो तक आधे इंच से भी छोटी थीं। दूसरी ओर वो गोला अब अपनी चमक खोने लगा था जिस वजह से बिजली भी छोटी होती गई इस दौरान ध्रुव महसूस कर पा रहा था कि उस गोले के अंदर से हवा की आवाज भी सुनाई देने लगी थी तभी उस बिजली को देखकर और उसमें से निकलती हवा की आवाज को सुनकर ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा तो यही है वो हवा बिजली की शक्ति जिसके बारे में आचार्य बता रहे थे ये तो वाकई मामूली शक्तियों से बहुत अलग है वैसे तो इस शक्ति में अपनी कुछ समझ नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो अपने बल पर कुछ भी कर सकती है यह सोचते हुए ध्रुव देख रहा था कि कैसे वो गोला धीरे धीरे एक बिजली के छोटे सांप में बदलने लगा जिसके मुंह से हवा की आवाज सुनाई दे रही थी इस दौरान बिजली से बना वो सांप हरे रंग की शक्तियों से घिरा हुआ था जिसे देखकर ध्रुव को थोड़ी हैरानी भी महसूस हो रही थी तभी अचानक ध्रुव को आचार्य विदुर की हंसी सुनाई दी ये शक्ति अलग होगी भी क्यों नहीं आखिरी आसमान और धरती की शक्तियों से तैयार हुई शक्ति है किसी मामूली शक्ति का इसके सामने खुटने टेकना बहुत मुश्किल है। वो तो तुम्हारे पास दिव्य रोशनी की मदद है नहीं तो तुम्हारी शक्तियां तो अकेले इसे काबू कभी कर ही नहीं पाती इतने मिध्रुव ने आचार्य की बात को समझते हुए कहा मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दिव्य रोशनी की ताकत सच में कितनी ज्यादा है ये हवा बिजली शक्ति जैसी खतरनाक शक्ति तक को डराने में कामयाब रही अब शायद मैं इसे कोशिश कर कर कर कर को करने लगा लेकिन दिव्य रोशनी पर तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा अगले ही पल उस हरे कमल की दिव्य रोशनी ने चांदी के रंग के सांप को पूरी तरह से निकल लिया उसके बाद वक्त गुजरता रहा और ध्रुव लगातार ट्रेनिंग करने में लगा रहा बीच बीच में उसके शरीर से छोटी सी बिजली बाहर निकलने लगती जो अगले ही पल गायब भी हो जाती इस दौरान आसमान में बिजली का कड़कना काफी हद तक कम हो गया था लेकिन इसके साथ ही पानी की छोटी छोटी बूंदें बरसात बनकर बादलों से नीचे टपक रही थीं। फिर कुछ ही पल में वो बारिश एक खौफनाक तूफान में बदलने लगी जिसमें बूंदों के बीच से कुछ भी देखा नहीं जा सकता था इस ताबड़ बारिश ने पूरे पहाड़ी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि ध्रुव के आसपास कोई बारिश नहीं हो रही थी बल्कि ध्रुव के शरीर को घेरती गर्मी में बारिश की बूंदे आकर तुरंत की बूंदे उस उसे महसूस कर रहा था की उसकी उंगली से बिजली का एक छोटा सा झटका बाहर निकलता जो अगली पल गायब भी हो जाता ट्रेनिंग करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और गुजरते लम्हे के साथ आसमान में छाए काले घने बादल भी जाने लगे इससे समझ आ रहा था कि रात भर तांडव मचाने के बाद वो तूफान आखिरकार थक गया था यही वजह थी कि बारिश की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी और कुछ देर में अंधेरी रात में धीरे धीरे उजाला होने लगा ये उजाला था उस गर्म सूरज की रोशनी का जो हुए सीधे ध्रुव के शरीर पर पड़ी वहीं इस गर्मी को महसूस कर ध्रुव समझ गया कि मौसम अब बदल गया था इस एहसास के चलते उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और तभी उसकी उंगली में एक बार फिर बिजली का झटका दिखाई पड़ा फिर इसमें लिखी सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर चली गई है तुम ही बताओ, अब ये कैसे इस कागज पर हो सिर्फ उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसलिए अगर तुम वक्त और मेहनत लगाकर इस तकनीक पर महारत हासिल कर लेते हो तो बहुत जल्द तुम इसकी ताकत के इस्तेमाल से खुद हैरान हो जाओगे आचार्य विदुर के याद दिलाते धीरे समझ आने लगा सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसे लगा कि शायद तूफान में रात बारिश के बाद वो जंगल बिल्कुल नया नया लगने लगा था वही उस नजारे को देखकर ध्रुव को एक शांति का एहसास हुआ जिसमें उसे चिड़ियों के चह चहाने की आवाज सुनाई देने लगी इसी एहसास के साथ ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें बंद की लेकिन आंखें बंद करने पर इस बार ध्रुव को अंधेरा नहीं दिखाई तो दिख रहा था इंसान बहुत से बने हुए थे जो गायब हो गए लेकिन उनकी छाप ध्रुव के दिल में बस गई थी इसलिए वो जब चाहे चांदी के रंग की इंसानी आकृतियों को देख सकता था फिर सभी को गौर से देखने के बाद ध्रुव को समझ में आया कि सभी के पैरों के पास चांदी के रंग की चमक बरकरार थी ये चांदी के रंग की चमक किसी बिजली की चमक जैसी थी जिसके इस्तेमाल से वो इंसान तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ध्रुव ने जैसे इंसान को गौर से देखा तो उसके बाद उसने मन खुद से कहा अच्छा तो इस तकनीक को सीखने के लिए इन लोगों की तरह अपने शरीर को बिजली में बदलना होगा और फिर उसका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करना होगा अर्ध्रव को जैसे ये बातें समझ आई तो अचानक से वो सभी इंसान एक दूसरे से मिलने लगे और एकजुट होकर चमकते हुए वो आठ लफ्जों में बदल गए वही ध्रुव इस वक्त उन आठ बड़े लफ्जों को देख रहा था जो चांदी के रंग के थे फिर कुछ पलों तक लगातार को देखने के बाद आखिरकार ध्रुव को समझ में आया कि उनका मतलब क्या था इस अगली पल्व शक्तियां ध्रुव के पूरे शरीर को घेरने लगी और जैसे उनकी चमक बढ़ी तो ध्रुव का शरीर चांदी के रंग से चमकने लगा इतने में ध्रुव ने अपनी नजरे नीचे करते हुए अपने पैरों की तरफ देखा तभी ध्रुव को दिखा कि उसके पैर भी चांदी की चमक से भर गए थे और उसके दाएं पैर पर बिजली दिखने लगी थी ये बिजली ठीक ही थी जैसी ध्रुव ने इंसानों के पैरों पर देखी थी अगले पल ध्रुव का ने अपनी खोली, तो वो ये दंग रह गया की वो पहाड़ की चोटी पर हवा में तैर रहा था ये देखकर ध्रुव ने अपनी नजरे नीचे करते हुए देखा की उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही थी इस एहसास के चलते ध्रुव की आंखें घबराहट में बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा फिर वो अचानक उसने कोशिश की कि वो अपने पंख बाहर निकाल सके लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो रहा था इस बात के चलते ध्रुव ने एक जोरदार चीख निकाली जो उस पूरे इलाके में गूंजने लगी बचाओ मुझे हे भगवान! लेकिन ध्रुव की किस्मत अच्छी थीदल कि के, के, के पास गया जो जगह इस दौरान वो जगह कोहरे से ढकी हुई थी जहाँ छोटी छोटी घास भी नजर आ रही थी इतने में ठंडी हवा चली और वो कोहरा छने लगा तभी अचानक एक लड़का तेज रफ्तार में उस दलदल के पास पहुंचा और वो फिलहाल चांदी के रंग से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और जैसे उसके उसके कदम दलदल पर पड़े, तो अचानक से उस लड़के की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उस दलदल में उसका रास्ता बनने लगा मगर उसके गुजरने के कुछ पल बाद ही वो रास्ता वापस कीचड़ से ढक जाता और पहले जैसा हो जाता इस दौरान उस तेज रफ्तार वाले लड़के के पीछे बहुत से काले रंग के छोटे छोटे सांप दिख रहे थे, थे। फिलहाल अपने साथ जहर भी लिए हुए थे लेकिन इन सांपों की बदकिस्मती थी कि उनके तेज रफ्तार वाले तीर ध्रुव की रफ्तार की बराबरी ही नहीं कर पा रहे थे इसलिए एक भी ऐसा जहरीला तीर ध्रुव के शरीर के आस भी नहीं आ सका तभी अचानक ध्रुव ने कुछ महसूस करते हुए तेज रफ्तार में आगे बढ़ते अपने कदमों को रोका ऐसा करते ही ध्रुव ने पीछे से आते की तरफ देखा। जो उसके करीब आने लगे थे फिर ने को वो कुछ पलों के लिए तो हवा में ही तैरता रहा इस दौरान वो तिलसमी सांप भी हैरत में पड़े ध्रुव को देखने लगे जो बिना किसी पंखों के हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था वैसे तो ध्रुव अपनी नई तकनीक की मदद के बावजूद ज्यादा देर हवा में नहीं तैर सकता था लेकिन ये दस सेकेंड भी किसी को हैरत में डालने के लिए काफी थे ऐसा इसलिए क्योंकि शक्तियों से बने पंख के के बिना हवा में तैरने के लिए को कम से कम शक्ति, शक्ति पूर्वज रैंक हासिल करनी पड़ती थी तो कैसे हासिल करेगा ध्रुव थ्री थाउजेंड लाइटनिंग तकनीक पर महारथ जानने के लिए सुनते रहिए सुपर था आज रिवंश के साथ सिर्फ पॉकेट अफेम्पया था इतने में ध्रुव को अपने दिमाग में एक अजीब सी चमक महसूस हुई जो दिमाग के अंदर लहराते पेड़ों में से निकल रही थी। फिर वो लहरें लगातार लहराती गायब होती गई जो कुछ देर तक चलता रहा ऐसे ही वक्त गुजरता गया और ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब घंटे भर से ज्यादा वक्त हो गया इतने में अचानक ध्रुव को अपनी काले रंग की अंगूठी में आचार्य विदुर की हैरान होने की आवाज सुनाई पड़ी उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य विदुर ध्रुव को इस तरह ट्रेन करते थे हैरान हो गए थे जाहिर सी बात है कि एक तजुर्बेदार इंसान होने के नाते वो भी अच्छी तरह जानते थे यही वजह थी की ध्रुव की अंगूठी से अचानक ढेर सारी अंदरूनी शक्ति बाहर निकली और बाहर निकलते ही उसने ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया इसके चलते कुछ दूरी पर मौजूद तिलस्मी जानवर आस पास भटकने की कोशिश भी नहीं करने वाले थे वहीं जानवरों के करीब न आने से ध्रुव को भी किसी तरह का खतरा नहीं था और वो लगातार अपनी ट्रेनिंग में ध्यान लगा सकता था फिर वक्त गुजरते गुजरते तीन घंटे बीत गए तो अगर की लगातार नहीं रही होती और उसमें से हल्की रोशनी नहीं आ रही होती तो कोई भी यह शक करने लगता की ध्रुव वाकई एक पत्थर के बुत में बदल चुका था जिसमें कोई जान ही नहीं थी कुछ देर में वो पत्थर का बुत अचानक से हिलने लगा और उसके साथ ही उसकी आंखों में दिखती चमक भी गायब होने लगी इतने में ध्रुव ने आंखें खोलते हुए अपनी तलवार की नोक को देखा और फिर उसकी चमक को देखकर ध्रुव ने उससे हमला करना शुरू कर दिया। अगले कुछ पल तो की रफ्तार मिध्रुव ने अपने चारों तरफ तलवार घुमाते हुए एक काला गोला तैयार कर दिया जो ध्रुव पहले नहीं कर पा रहा था इस दौरान उसके हमले से निकली हवा से आस पास के पेड़ों की पत्तियां भी गिरने लग जाती और वो उस जंगल में हर तरफ फैल जाती लेकिन इतना ही नहीं ध्रुव की तलवार चलाने की रफ्तार तो लगातार बढ़ती जा भरी आवाज निकली। इस आवाज के साथ ही ध्रुव के चेहरे का रंग भी जरा पीला पड़ने लगा मगर इसके बावजूद ध्रुव तुरंत तो नहीं रुका क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी मंजिल पानी की जहाजग मगा रही थी और तो फिलहाल उसका दिमाग ही उसकी तलवार को काबू करने लगा था ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब वो अलग दिशा में चलने लगी देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, और पहले से और ज्यादा खतरनाक हो गया था जाहिर सी बात है कि जब से ध्रुव ने काले भारी पत्थर को तलवार में बदला था तब से उसने उस तलवार की कोई खास तकनीक नहीं सीखी थी वो उस खास तलवार को सिर्फ एक मामूली तलवार की तरह ही इस्तेमाल करता आ रहा था देखा जाए तो ताकत बहुत सी तकनीकों से ज्यादा असरदार साबित होती है लेकिन इतनी ताकत हासिल करने का एक मुकाम होता है इसलिए अगर ध्रुव को कोई बराबर की ताकत वाला मिलता तो मेहनत करनी पड़ती उस वक्त तो हथियारों की तकनीक भी ज्यादामंद साबित होती फिर ध्रुव ने अपनी तलवार जरा सी तेज कर पास के एक पेड़ पर हमला किया और उसे महसूस हुआ कि पेड़ को छूते ही उसके दो टुकड़े हो गए उसके बाद ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी जिसके साथ वो अपनी तलवार को गौर से देखने लगा इस वक्त ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे सिर्फ कुछ घंटों के ध्यान और मेहनत के साथ उसे अपनी तलवार की एक ताकतवर तकनीक पता चल गई थी वैसे तो इस तकनीक को ध्रुव ने अभी -अभी सीखा था, इसके बावजूद मतलब ध्रुव लगातार इस तकनीक की प्रैक्टिस करता रहा फिर तो ये तकनीक उसकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकलेगी तभी ध्रुव को अपने दिल में आचार्य विदुर की आवाज सुनाई थी इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है ध्रुव ये ट्रेनिंग के वक्त कोई चमत्कार नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ एक मौका था जो किस्मत से तुमने पहचान लिया सच कहूं तो तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे तो कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी पर काम करते हैं और तुम काबिल हो इसलिए इस चीज को हासिल कर पाए किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ना बड़ी बेवकूफी का काम होता है वही आचार्य की बात समझते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा इतने में आचार्य विधुर ने हंसते हुए उससे कहा वैसे तुम्हारी इस नई तकनीक में शक्तियों की लहर तो उठने लगी है कमाल है ये तो बस शुरुआत है अगर तुम आगे से प्रैक्टिस करते रहे तो हो सकता है की आगे तुम एक ऐसी खास तकनीक ईजाद कर दो जो सिर्फ तुम्हारे पास होगी इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने तुरंत अपना हाथ घुमाते हुए अपनी तलवार वापस अपनी पीठ पर टांग दी ऐसा करते ही ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और उसे अपने मुंह के अंदर ध्रुव को अपने की तैयारी करने ही वाला था दहाड़ सुनाई पड़ी ये दहाड़ किसी बिजली गिरने जैसी खूखार थी और उससे झटका खाकर ध्रुव ने हैरत में पड़ते हुए कहा यह तो कितनी खूंखार दहाड़ थी इस आवाज से तो लगता है की तलसमी जानवर जरूर किसी शक्तिमान जितना ताकतवर होगा मैंने ठीक कहा ना आचार्य ये कहते हुए वो तुरंत पहाड़ की तरफ देखने लगा जहाँ से वो आवाज सुनाई पड़ी थी वहीं ध्रुव के सवाल पर आचार्य विदुर ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया हाँ हाँ ये सच में किसी तिली जानवर की आवाज है उसके अलावा मुझे ताकतवर शक्ति भी महसूस हो रही है ऐसा लगता है की कुछ लोग तिलस्मी जानवर के साथ लड़ रहे हैं आचार्य वितुर की बात सुनते ही ध्रुव ने हैरान होते हुए सवाल किया इसका मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एक शक्तिमान रैंक जितनी ताकतवर तिलस्मी जानवर से लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी अचार्य क्या हम भी चलकर देखें कि आखिर माजरा क्या है जैसी तुम्हारी मर्जी ध्रुव तुम देखना चाहते हो तो जाओ नहीं तो मत जाओ ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और अगले ही पल उसकी पीठ से चील के पंख निकल आए जिन्हें फड़फड़ाते हुए वो हवा में ऊपर उठने लगा ऐसा करते ही ध्रुव ने पंख फड़फड़ाने की रफ्तार बढ़ाई और वो सीधे उस इलाके की तरफ जाने लगा जहाँ से उस तलस्मी जानवर की दहाड़ सुनाई पड़ी थी फिर ध्रुव तेज रफ्तार में उड़ते हुए उस जगह पर जाने लगा और कुछ ही पलों में वो वहाँ पहुंच भी गया इस दूरी को मिटाने में ध्रुव को तकरीबन दस मिनट लग गए थे और उसे भी उस इलाके में के बराबर ही थी लेकिन एक या दो ऐसे लोग भी थे जिनकी शक्तियाँ ब्रूना से भी ज्यादा थी ये बात महसूस करते ध्रुव काफी हैरान हो गया वो जानता था की ब्रूना एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था जो शायद आठ या नौ सितारों वाला द्रोण था उससे ज्यादा ताकतवर होने का मतलब तो साफ था इस जगह पर शायद शक्तिमान रैंक के योद्धा मौजूद थे। इस बात के चलते ध्रुव थोड़ा सा वही ये सब करने के बाद उसने चील के पंखों की फड़फड़ाहट भी कर दी ताकि किसी को भी उसके वहां आने का अंदाजा ना हो फिर थोड़ी दूर चलकर ध्रुव ने तुरंत अपने चील के पंख अंदर लिए और वो पेड़ों पर उछलते हुए आगे बढ़ने लगा इस दौरान ध्रुव बहुत ध्यान रख रहा था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए ऐसे ही कुछ देर तक आगे बढ़ते रहने के बाद ध्रुव के सामने का नजारा बड़ा होने लगा और उसे दिखा कि ये जंगल से लगा एक पहाड़ी इलाका था इस पहाड़ी इलाके को घने जंगल से लगा देखकर ध्रुव और ज्यादा हैरत में पड़ गया फिर चारों तरफ नजरें घुमाते हुए ध्रुव ने देखा कि जंगल से लगा वो पहाड़ी इलाका ज्यादा बड़ा नहीं था और उसे लगा पहाड़ भी पूरी तरह हरा था इसके अलावा ध्रुव ने देखा की पहाड़ से लगी एक घाटी भी थी जहाँ के एंट्रेंस पर एक बहुत ही शक्तिशाली और तीस चालीस फुट बड़ा गोरिल्ला दिखाई पड़ रहा था वो गोरिल्ला सफेद रंग का था और उसके शरीर से ताकतवर शक्तियां थीं। वहीं उसकी नाक से निकलती सांस भी ठंडी होने की वजह से आसपास पास एक कोहरा जमा रही थी उस तिलस्मी जानवर के दोनों हाथ बहुत बड़े थे और उसके नुकीले पंजे किसी इंसान के बराबर थे जब भी वो तिलस्मी गोरिल्ला अपने हाथों को लहराता तो उसमें से नुकीले बर्फ के टुकड़े निकलते जो हर तरफ फैलने लगते वही वो नुकीले टुकड़े जैसे ही आसपास की चट्टानों से जाकर टकराते तो चट्टानें चूर चूर होकर हर दिशा में बिखर जातीं। इसके अलावा उस तिलस्मी जानवर की आंखें खून जैसी लाल हो रखी थीं, जिसमें इस वक्त एक अजीब सी जंगली जानलेवा चमक दिख रही थी उस चमक को गौर से देखने पर उस जानवर के खौफनाक इरादे भी आसानी से नजर आ जाते और वो तिलस्मी जानवर फिलहाल अपने पास खड़े छह लोगों को देखे जा रहा था जैसे ही ध्रुप ने उस तिलसमी गोरिल्ला को पहचाना तो उसने हैरानी भरी आवाज में हड़बड़ाते हुए कहा यह तो एक खतरनाक स्मो गोरिल्ला है ये बेहद ताकतवर और जाबाज होते हैं एक बड़े स्नो गोरिल्ला की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो आसानी से अपने हमलों से पूरे पहाड़ तोड़ने में भी कामयाब स्नो गोरिल्नो गोरिल्ला तो ठीक है, है।, तो है लेकिन जो लोग उसके सामने खड़े हैं वो भी किसी मायने में कमजोर तो बिल्कुल नहीं है ध्रुव आचार्य की ये बात सुनते ध्रुव ने अपनी हैरानी को काबू किया और अपनी नजरे उस तिलसमी गोरिल्ला से हटाकर उसके सामने खड़े लोगों की तरफ की वो देख रहा था था, कि उसके सामने खड़े लोगों में से एक किसीने पर एक पर बैच लगा हुआ था, जिसे पहचानते हुए हुए कैसे हो है? एक मिनट, ये तो मायरा है ये यहाँ क्या कर रही है तो क्या होने वाला अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट्स और उस तिलस्मी गोल्ला के मुकाबले में जानने के लिए सुनते रहिए दिवनली आर जिबंश के साथ सुपर था